इंदौर में विठ्ठल भाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान सम्मान का आयोजन किया गया जिसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में, में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदेश टुडे समूह को सम्मानित किया गया इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ अभय प्रशाल में विठ्ठल भाई पटेल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा मध्य प्रदेश की पत्रकारिता क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान देने के लिए प्रदेश टुडे समूह को सम्मानित किया गया यह सम्मान ग्रुप के चेयरमैन हृदय दीक्षित को दिया गया इस दौरान उच्च न्यायालय खंडपीठ के न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला खजराना मंदिर पुजारी अशोक भट्ट इंदौर के एडीजे गंगाचरण दुबे प्रतिष्ठान के संयोजक ललित अग्रवाल और सह संयोजक सुधीर मालवी मौजूद रहे वहीं सम्मान से पहले प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी जिसके बाद कवि सम्मेलन हुआ जिसमें दिग्गज कवियों के बीच आगाज हुआ जिसका प्रोफेसर राजीव शर्मा ने सफल संचालन किया देवी शक्ति का मंच नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर उसके साथ सरस्वती पुत्र हमारे मित्र आदरणी राजीव शर्मा जी मैं चाहता हूँ राजीव शर्मा की तरह जोड़ा ताली बजे जाने, जाने तो बात कहने से राजीव मेरा मन व्यतीत है आज थोड़ा सा संदर्भ है कि हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे सनातन के प्रवक्ता विप्र समाज के गौरव उमेश शर्मा जी आए नहीं रहे हमारे विश्व में